सिंगरौली में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर हुआ इस दौरान कलेक्टर ने सभी को एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई सिंगरौली में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन हुआ एकता दौड़ चुन स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गो से निकली आयोजन में देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी के साथ समाज संस्थाएं छात्र छात्राएं शामिल हुई इस मौके पर कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलवाई आप देख रहे हैं दखल न्यूज